हर मुद्दे पर प्रखर आवाज से अपनी बात रखने वाली स्वरा भास्कर ने फहाद अहमद से शादी कर ली है स्वरा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके शादी की जानकारी दी स्वरा ने बताया कि फवाद और उनकी पहली मुलाकात शाहिन बाग में प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी वहां से दोस्ती हुई प्यार हुआ और अब शादी हो गई स्वरा की शादी छह जनवरी को हुई थी लेकिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने सोलह फरवरी को किया है स्वरा ने वीडियो में कहा कि फहाद और मेरी मुलाकात 2019 में एक प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी प्रोटेस्ट के दौरान हम दोनों में दोस्ती हुई और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ मार्च 2020 में फहाद ने मुझे अपनी बहन की शादी में बुलाया था लेकिन मैं शूटिंग में बिजी थी इस वजह से वहां नहीं जा पाई और मैंने फहाद से वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी 2020 से लेकर 2022 तक इन दो सालों में हमारी नजदीकियाँ बढ़ी और आखिर 6 जनवरी को हमने स्पेशल मैरिज एक्ट उन्नीस के तहत कोर्ट में शादी के पेपर दाखिल किए और शादी कर ली ये वीडियो वायरल होते ही फैंस और बॉलीवुड स्टार्स ने इन दोनों को बधाइया दी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का